लंग देखन आयो जीवा जीवा तेरी ने पडी का गेरी पेरना जानो मन कम करे गो पडी का गेरी पेरना जानो मुझसे पद नम करे गो केना मिया दादा बर बॉय सुनी सस्ते यू नो आई म नो मेरे पुरै होय तो देखनो पड़से ए चांद खोली चाल पड़े जात होय तो पूरी बाई तो रोज छेटी